तो दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं गुरुदेव के नाम से जाने जाने वाले रविंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में गुरुदेव का जन्म सात मई 1861 को कोलकाता के जोड़ासांको ठाकुरवाड़ी में हुआ था इनके पिताजी का नाम देवेंद्रनाथ टैगोर और इनकी माता का नाम शारदा देवी था उनके पिताजी बहुत ही सरल और सामाजिक जीवन जीना पसंद करते थे गुरु के बचपन में ही इनकी माँ का स्वर्गवास हो गया था उनके पिता ज़्यादातर अपना समय यात्रा में ही व्यतीत करते थे जिसके कारण गुरुदेव का अधिकतम समय नौकर चाकर के बीच गुजरा रविंद्र को बचपन से ही कविता लिखना बहुत पसंद था उन्होंने अपनी पहली कविता आठ साल की उम्र में लिख दी थी उसके आठ साल बाद यानी सोलह साल की उम्र में उन्होंने अपनी लघु कथा का प्रकाशन किया उन्होंने अपनी रचना के आधार पर सनातन को आगे बढ़ाने का कार्य किया उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा सेंट जेवियर स्कूल से की थी उनके पिताजी का ये सपना था कि रविंद्र बड़े होकर बैरिस्टर बने इसीलिए उनके पिताजी ने उनको आगे पढ़ाई करने के लिए लंदन भेज दिया कुछ साल लंदन में पढ़ाई करी और पढ़ाई बिना पूरी किए अठारह में भारत वापस लौट गए गुरुदेव के बड़े भाई एक अच्छे कवि और दार्शनिक थे टैगोर का मन पारंपरिक शिक्षा में बिल्कुल नहीं लगता था वे कक्षा में बैठकर पढ़ने के पक्ष में नहीं थे रविंद्रनाथ जी ने बहुत से महान कार्य किए थे जिसमें से एक महान कार्य था कि उन्होंने शांति निकेतन में एक स्कूल की स्थापना की थी यह विद्यालय पश्चिम बंगाल में स्थापित किया गया था इस विद्यालय का नाम विश्व भारती पढ़ा था 1921 में राष्ट्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा पाने वाले विश्व भारती विद्यालय में इस समय 6000 से भी अधिक छात्र पढ़ते हैं शांति निकेतन की चर्चा कला संगीत आदि में एक आदर्श विद्यालय में होती है इस विद्यालय में कई बड़ी हस्तियों ने शिक्षा प्राप्त की है प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भी इसी विद्यालय से शिक्षा ली थी गुरुदेव ने अपने जीवन काल में बाईस गीतों की रचना की है उनके सबसे महान कार्य में से सबसे बड़ी गीतांजलि की रचना है इसी रचना के लिए 1915 में उन्हें नोबल पुरस्कार से नवाजा था गुरुदेव ने एक और महान कार्य किया है रविंद्रनाथ को दो देशों का राष्ट्रगान लिखने का गौरव प्राप्त है जिसमें आप सभी जानते हैं कि भारत के राष्ट्रगान मन" इन्हीं की देन है और साथ ही पूर्वी पाकिस्तान जिसे अब हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं इनका राष्ट्रीय गान भी टैगोर जी की देन है इस देश के राष्ट्रीय गान का नाम आमार सोनार बांग्ला है टैगोर जी राष्ट्रवाद के घोर समर्थक थे उन्होंने देश आज़ाद कराने के लिए ब्रिटिश सरकार से काफ़ी मांगे की दोस्तों आप यह जानकर हैरान हो जाएंगे कि यही वो प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने गांधी जी को सबसे पहले महात्मा कहकर उनको महात्मा की उपाधि दी थी साहित्य के क्षेत्र में उनका योगदान हमेशा याद रखा जाएगा 7 अगस्त 1941 को कलकत्ता में उन्होंने जीवन को त्याग दिया और स्वर्गवास हो गए